ये ये ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर। वर्ल्ड का नंबर एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है जो कि हमारे गेस्ट है उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है प्लीज गेवी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 जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे खान सर कब आएंगे मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे पे भी इतना कमेंट आया इतना <laughs> <laughs> मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं <laughs> <laughs> <laughs> क्योंकि हम तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है हाँ तो देखिये हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा ना उसके मन में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 और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कितना हाँ। भी बोल दो हुई है कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बार एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था और फौज वालों के लिए यह सब मायने नहीं रखता उसको करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो डर और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था फटा नहीं वो मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है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 तो ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपये मंथली बारह चौदह हजार साल का पड़ेगा खत्म हो जाएगा इतना नहीं जो डंडे वाली बात इन्होंने कही हाँ। ये सच है मतलब आप हाँ, सच, सच में सच एक डंडा रखते हो पुलिस का ही है वो और मारते हो हाँ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 सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरें नहीं लगता है। <laughs> बाकी अफसर <से> <laughs> आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली गाने सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया <laughs> अरे और नहीं इन्होंने नहीं। कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आकर के अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी <laughs>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 ना। तो तो कुछ नहीं नहीं साथ साथ है ना उनको साथ साथ लगना पड़ता है उनको साथ साथ लगना पड़ता हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा परेशान रह दिन में सोते ही नहीं है बेचारा कहीं कहीं जाके सोते रहता रहते हम सीट बांध दिए भाई तुम इस समय सो जाना तुम इधर सो जाना आपकी शादी हो गई है नहीं हुई अभी मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं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 सर so, यहाँ पे सब हिंदी में पूछते इंग्लिश में पूछते, में पूछते, भाषा ठीक लगे नहीं की जैसे करे नगेट जो हो कम्प्लीट तो ना हो अगर टारगेट कम्पलीट भी हो तो करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रह ला तो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 उसी की तो एंजाइटी होती है जैसे माँ को अपने बच्चे की जैसे एक मां को अपने बच्चे माँ को अपने बच्चे को लेकर एंग्जाइटी होती है जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर एंजाइटी होती है थोड़ी सी भी तबियत खराब हो जाए उसको एंगजाइटी होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्यों क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो दैट मीनस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 और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहेंगे कि बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते हैं गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम हम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा घर देखिए तो देखिए तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है